दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो चुका है तो उसको वापस कैसे लाएंगे जी हां दोस्तों डिलीट फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपने जिस भी अपने मोबाइल नंबर से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट जीमेल आईडी से बनाया है तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल मेल आई डाल दीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा अगर आपको आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पर फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा यहां पर आपने जिस नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था यहां पे आपका नाम आ जाएगा इसके बाद अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट मोबाइल नंबर से बनाया था तो यहां पे मोबाइल नंबर आएगा अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट जीमेल आईडी से बनाया होगा तो यहां पे जीमेल आईडी आ जाएगी अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर जी मेल दोनों चीजें लिंक की हुई है तो यहां पर दोनों ऑप्शन दिखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर और जी मेल दोनों चीज लिंक किया हुआ है तो यहां पर मेरा दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं इसके बाद अब हमें यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड जहाँ पे मंगवाना होगा उस पर टिक कर देना है इसके बाद अब हमें पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे टिक करना है दूसरे वाले ऑप्शन पर और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है इसके बाद अगर आपसे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगता है तो आपके मोबाइल नंबर पर या जी मेल पर कोड जाएगा वेरीफिकेशन कोड वो कोड यहाँ पे डाल देना है लेकिन मेरा यहाँ पे मैंने जिस मोबाइल नंबर से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था वो मोबाइल नंबर इसी फोन में पड़ा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे मेरे कोई भी वेरिफिकेशन कोड नहीं मांग रहा है अगर आपसे यहां पे वेरिफिकेशन कोड मांगता है आपने जिस मोबाइल नंबर से या जिस जीमेल आईडी से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था उसी पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड उस वेरिफिकेशन कोड को डालना होगा उसके बाद आपको यहां पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा आपको यहां पे अपना नया पासवर्ड बना लेना है नया पासवर्ड बनाने के बाद अब आपको यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है मैंने यहां पे पासवर्ड बना के यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक किया इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आपको ओके okay कर देना है ओके okay करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर डिलेशन एंड अप्रैल बाईस दो यानी कि बाईस अप्रैल के बाद हमारा जो है फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपको यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है अगर आपने फेसबुक अकाउंट डिलीट किया है इस डेट को उससे अभी दिन नहीं नहीं हुए एक नहीं है हुए महीना हुआ डिलीट तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा जाएगा वापस आ लेकिन अगर कंटिन्यू टू फेसबुक पर क्लिक तो yes, करूंगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर देखिए हमारा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो चुका है इसी प्रकार से आप भी अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर कर सकते हैं